हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो को तो क्या कहते हैं स्केट बोर्ड निकला है. निकल जाएगा गाइज निकल जाएगा साइड तक निकल जाएगा गाइज लगभग निकल गया गाइस निकल गया गाइज रेड क्रिमिनल गाइस रेड क्रिमिनल निकल गया इमोट ले लेते इमोट ले लिया ये इमोट भी ले लिया गाइस और और गाइस ये भी ले लिया और गाइस बताओ क्या क्या ले गाइस <laughs> सब कुछ ले लिया थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो वीडियो को लाइक like कर दो